यार अपने कान में डाल लो अगर नहीं हुए ना तो कान में गोली मार दूंगा सर, प्लीज सर, सर दो चार दिन एक्स्ट्रा दे दो सर सारे बना दूंगा सर, प्लीज। तुम बुद्धू नहीं हो बुद्धू क्या है ये, <laughs> ये भगवान क्या जुलुम है तुम मेरे सुपर टट्टी तो क्या हो सुपर थर्टी के लायक नहीं हो <laughs> हम तो मारो हमको जिंदा मत छोड़ा सा लो कज बेजती है सही खेल गया या या, बोला या आ, इनकी कार है हमारा भी पेट्रोल पंप है, कभी पेट्रोल गिर डिग्गी फुल कर देंगे आ, समझ रहे हो सब तो रुको जरा सबर करो नौ महीने पहले गाड़ी न रुकेगी ऑफर भी मिलेगा बाद में आ, आ, बहुत बढ़िया वाले भी गजब करते हैं करने वाले भी गजब करते हैं करने वाले भी गजब करते हैं यो यो रूम बुक करके घपा घप घपा घप घपा घप करते हैं बजाओ ताले तेरे पास कोई और रास्ता है वाह भाभी कमाल कर दिया है अरे पिंक कलर तो फेवरेट है मेरा तू चले तूर परसों गुल्लू के बर्थडे में भी यही पहन के आ जाना। ना मा माँ कसम गले लगा लो चले बातें है ना। so, रुको जरा करो। पर्पल भी मेरे को बहुत पसंद है, आ, नहीं वो भी एक सिकिन, एक सेकंड, आवाज आपकी नहीं आर, एक सेकंड। देवा, देवा, देवा। सब तो तो राम निकला रे देव मानुस निकला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 <laughs> Excuse me. Yes? तुम बॉम्बे से हो क्या क्यों बड़ी बॉम्ब लग रही हो <laughs> कोई <से इंसेस> बात <laughs> नहीं। यही अभी और सुनिए तब तो फिर तुम पक्का लंदन से होगे। oh! <laughs> <laughs> निकल गई <laughs> मजा आया नहीं कोई बात नहीं हम तो चूती हैं। दोबारा ट्राई करेंगे और क्या और है चौधरी काम हम पे